शिव की वाणी ही गीता है हम बदलेंगे तो जग बदलेगा इस निश्चय बुद्धि के साथ हम फिर से अभी योग अभ्यास को शुरू करेंगे ये आत्मा आप तो बहुत सुंदर हो बहुत शक्तिशाली हो का ओरिजिनल स्वरूप तो बहुत ही आकर्षक बने है आप इस देह के बल भान से आकरूप बन पड़ी हो माया के मायावी जाल से फंसकर कर आप कहानी हो गई हो आपका वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप ऐसा नहीं है आप निराकार परमपिता परमात्मा शिव की अजर अमर अविनाशी संतान मास्टर जब आप संपूर्ण सत अवस्था को प्राप्त कर रही थी तो आपके सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान इमर्ज रूप में था आप स्वदर्शन चक्रधारी के स्वमान से अलकुद हुआ करते थे आपका देवता ई स्वरूप संपूर्ण सतप्रदान डबलिक सर्वगुण संपन्न था आपका विकारों की हिंसा व बहुबल की हिंसा अथवा वाणी वा कर्म के द्वारा को जाने वाली हिंसा से पूर्णतया इच्छा मात्र अवज्ञा स्वरूप थी आपकी दृष्टि रूवाणी दिव्य अलौकिक हुआ करती थी यह तो माया का परछाया पड़ पर जाने से विकारूपी रावण के वश हो जाने से आप अपना सतीवर्ता, पतिवर्ता, सुख शांति का वर्षा गवाकर अत्यंतिक दुखी हो पड़े हूं इस विकार भरी दुनिया से भी आप समान हितकारी सहयोगी विशाल बुद्धि निचर और कोई भी नहीं थे विकार को दुबन में फस कर आप अपने प्रदान, को थी। आप की पर विज्रुप परमात्मा शिव फिर से आपको वही सत्य गीता ज्ञान अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्रीपद देकर संपूर्ण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं सो so, ये आत्मन अब अज्ञान रूपी से त्याग कर परमात्मा शिव के द्वारा दिया जा दिया गया जा रहा है सत्य गीता ज्ञान स्वयं पे धारण कर अपना कल्प कल्प का अविनाशी राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त करने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो पूरा परमात्मा पिता को धन्यवाद देते हुए ओम शांति ओम शांति